Tere roka par roka na gaya. Oh, tu roka tu roka janki. I'm when it feels so roka par roka na gaya. Oh, mere lekhi aap mere aate kare chhoo gaye mere dekhe ki is love kar diya. के में चले दीवानी वाकिया कर